नंबर वन जपम एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी चीजें उल्टी होती है पूरी दुनिया में सभी ट्रेनें सीधे चलती है लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ट्रेनें उल्टी लटकी हुई चलती एक नंबर टू हाल ही में रिसर्च से पता चला है कि जापान के लोग शाम के समय ही स्नान कर लेते हैं और सुबह उठकर अपने जॉब पर चले जाते हैं नंबर थ्री जापान की ट्रेने अपने समय के लिए जाने जाते हैं यहां पर एक, फोर जापान में एक ऐसा कानून है जिसके तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम नहीं दे सकते हैं एक नंबर फाइव जपम में ट्रेनों को मैग्नेट पाउंड से चलाया जाता है यहां की ट्रेन पटरी से केवल एक से दो इंच ऊपर चलती है ये जापान की टेक्नो